इस वीडियो में हो गया। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे काली की एप्लीकेशन इसके साथ साथ रन कर सकता हूँ कोई भी ऐप जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूंगा काली का लाइनेक्स का की बोर्ड की बोर्ड जो है वो भी आराम से ओपन हो गया इस विंडोज़ से, से हम काली भी से हैं उनको विंडोज में ओपन कर सकते हैं बिना काली को करें। जैसे मैंने काली किया, तो सबसे सब अच्छी और काली नायक का हमारे पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिससे हम आराम से यूज कर सकते हैं कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है तो ये सब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा आपको ये सब कैसे करना है तो अगर आप इस वीडियो में नए हो या फिर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मैं टेक्नोलॉजी ऊपर होना चाहिए अपडेट कर लेना या विंडोज इलेवन है तो अच्छा, और अच्छा है और फिर कमांडर कॉपी करनी है हमें सबसे पहले आपको पावरशियल ओपन करना है पीओडब्ल्यू टाइप करोगे रन एडमिनिस्ट्रेटर इस पे क्लिक कर देना, फिर यहां पे पे टाइप टाइप करना है WSL, WSL करने से जितने भी कमांड्स वो आ जाएंगी, तो हमें टाइप करना है फिर इससे विंडोज सब सिस्टम पर लाइन एक्स इंस्टॉल होगा वो विंडोज 10 और विंडोज 11 में डिफरेंस ये है इसके अंदर कि इसमें हमें जियो सपोर्ट मिलता है विंडोज 11 में जो हमें विंडोज 10 में नहीं मिलता जिससे हम काली की कोई भी एप्लीकेशन विंडोज में ओपन कर सकते हैं बिना काली को ओपन करे तो अभी इंस्टॉल हो गई है बट अभी हमें इसे रिब्यूट करना है रिबूट करने से पहले हमें इंस्टॉल करना है काली तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में टाइप करना है काली फिर बस इसे गेट करने के इंस्टॉल करना है ओपन करना है ओपन करने के बाद अगर आपको एक एरर आता है, विंडोज फॉर ऑप्शनल कंपोनेंट इज़ नॉट एनेबल्ड बस इसे एनेबल करने के लिए कंट्रोल पैनल में अनइंस्टॉल में जाके टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ पे क्लिक करना है एंड में आने के बाद विंडोज सब सिस्टम फॉर लाइनेक्स इस पर टिक करना है और ओके कर देना इसके बाद एक कुछ फाइल्स डाउनलोड करेगा और आपको रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा तो मैं करता हूं अपना पीसी रिस्टार्ट और रिस्टार्ट करने के बाद यहां पे विंटू का इंस्टॉलर ओपन हो गया है और हमें काली लानेक्स का भी इंस्टॉलर ओपन करना है तो हमें ओबंटू की तो बिल्कुल नीट नहीं, नहीं है अगर आपको यूज करना है तो आप इसे रख सकते हो उबंटो जो है वो सर्वर के लिए यूज होती है तो मैं तो उसे डिलीट कर रहा हूं तो अब काली लैंस जो है वो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गई है अब हमें काली लैंस की वेबसाइट ओपन करनी है WSL की डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करके विंडोजे यहाँ पे हमारे पास जितने भी हैं काली की, उन्हें हमें install करना है तो अब काली कालीस्टॉल हो गई पे हमें एक यूजर नेम एक पासवर्ड सेट करना है इसके बाद काली कालीस का टर्मिनल ओपन हो जाएगा तो मैसेज फ्रॉम काली डेवलपर्स इसे हटाने के लिए यहाँ पे रन टच की कमांड है अब उसे कॉपी करके बस पेस्ट कर देना तो अब हमें कुछ कमांड टाइप करनी है यहाँ पे इंस्टॉल की कमांड्स है स्टूडो एपीटी अपडेट बस इसे कॉपी करना है और इससे काली आपके अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी जब तक तो ये अपडेट हो रही है हमारी काली लाइनेक्स तब तक हम देखते हैं इस वेबसाइट में और भी कुछ कमांड्स हैं जो हमारे यूजफुल है तो यहाँ पे मैं एक फोटो दिखाई जिसमें दिखाया है काली लाइनेक्स और विंडोज साथ में चल रहे हैं तो अपडेट होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा अभी मैं इस वीडियो को पास फॉरवर्ड कर देता हूँ और अपग्रेड हो गई है और अपग्रेड भी हो गई है तो मैंने यहां पे एक और एक्स्ट्रा कमांड यूज करी है वो मैं कमांड आपको अपक दिखाता हूं मैंने यहाँ पे यूज करी है एपीटी अपडेड और फिर मैंने यूज करी है एपीटी अपग्रेड बस अब हमें एक्स को इंस्टॉल करना है इसमें बस ये वाली कमांड कॉपी करनी है और आपको चेक करना है कि आपके है कि में वर्चुअलाइजेशन या नहीं तो चेक करने के लिए मैनेजर में आपको वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन दिखेगा बस आपके है है तो है। तो अच्छा डिसेबल्ड आपको अपने बायोस की नेम इन दिस मदरबोर्ड और बायोस हाँ तो बस अब हमें डॉक्यूमेंटेशन के क्लिक करना है और एनेबल वर्चुअल मशीन फीचर इसको कॉपी करके कमांड को पावर सेल में रन करना है तो बस आप इसे एंटर यूज कर देना एंटर दबा देना और ये रन हो जाएगी मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो कैक्स जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया अच्छे से अब हमें कैक्स की कुछ कमांड देखनी है और यहा अपडेट पैकेज इसको भी डाउनलोड करके आप रन करोगे तो इससे भी आपकी काली जो है वो अपडेट हो जाएगी और एक हो जाएगा। आपको फिर अलाव एक्सिस करना है फिर आपको एक पासवर्ड सेट करना है आप वन से सिक्स तक नंबर भी सेट कर सकते हो फिर उसके बाद आपसे ही पूछेगा वी ओनली पासवर्ड तो वी ओनली पासवर्ड वो पासवर्ड होता है जो आपको दिखेगा अगर आप सेट करना चाहते हो तो यस कर देना तो so, कालीना वो अच्छे से ओपन हो गई है अगर आपके पास एक ऐसा प्लगइन मैनेजर का ऑप्शन पॉपअप आए तो आप इसको रिमूव पे क्लिक कर देना और यहाँ पे सब हमें चेक करना है अब सबसे पहले चेक, चेक करनी है जो हमें स्विच कैसे करना है काली और विंडोज में तो मैं इनकी वेबसाइट पर जाता हूँ डब्ल्यू एस और चेक करता हूँ यहाँ पे कोई कमांड है कोई बटन है जिससे हम स्विच कर सकते हैं विंडोज और कलियर लिनेक्स में तो यहाँ पे एक कमांड है सॉरी बटन है वेब फेट जिससे हम स्विच कर सकते हैं फ्रम स्क्रीन मोड में और विंडोज मोड में तो मैंने यहाँ पे एफरेट प्रेस किया और यहाँ पे फुल स्क्रीन का जो टिक है इसे करना है बस और अब ये आ गया है विंडो में तो मैं इसका साइज छोटा बड़ा आराम से कर सकता हूँ और अब चेक करते हैं कि एफरेट बटन दबाने से और यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं ऑप्शंस में यहाँ पे कंप्रेशन में कलर लेवल ऑप्शन है अगर आपका पिछली स्लो है तो आप कलर लेवल वेरी लो कर सकते हो अलाव कर सकते हो और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी में हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा इनपुट में आप की से कोई भी बटन से चेंज कर सकते हो जिससे हमें में स्विच करना हो और विंडोज में स्विच करना हो और यहाँ पे तो कुछ है और है नहीं और यहाँ पे हमें कंट्रोल ऑल्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है जिसको हम टिक कर सकते हैं जैसे ये होगा कंट्रोल और ऑल्ट हमेशा रहेंगे काली में तो अब हमें चेक करना है हमारा टर्मिनल है चल रहा है यहाँ फिर इसमें की बोर्ड जो है हमारा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं तो मेरा कीबोर्ड जो है वो वर्क नहीं कर रहा है तो इसे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चेक करता हूँ तो यहाँ पे तो मुझे कुछ भी ऑप्शन नहीं मिला तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट प्लस टी दबाऊंगा ओपन हो जाएगा शॉर्टकट टी से अगर आपका भी वर्क नहीं कर रहा है की बोर्ड तो आपको भी बस कंट्रोल ऑल्ट प्लस टी दबाना है और आपका टनमेलर में की वर्क करने लग जाएगा तो अब मैं चेक करना है कौन डायरेक्टरी में तो पीडब्ल्यू डी टाइप करोगे तो आपकी डायरेक्ट्री दिख जाएगी और सिट डॉट करोगे तो आप बैक हो सकते हो अब हमें बैट कर करके करके -कर स्लैश में आना है स्लैश में हमें सीडी होम करना है होम में जाना है फिर हमें डेड डेडसेक जो मैंने मतलब यूजर बनाया है उसके अंदर एंटर करना है और यहां पे जितने भी इस फोल्डर में हम डेड <laughs> तो मैं डेड डेडसेक के फोल्डर में आ गया हूं <coughs> तो मैं देट से, देट से के फोल्डर में आ गया हूं और अब हम देखे हैं कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एक कमांड है स्टॉप। इससे आप टाइगर करके क्लोज भी कर सकते हो यहाँ पे हमें साउंड सपोर्ट चेक करना है हमने यूज किया है काली काली इससे साउंड के साथ का इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ पे एक ऑप्शनल सेट भी है इसमें लिखा है फ्री ऑफ स्पेस काली नार्ज। इसमें जितने भी टूल्स है काली लाइक्स ओरिजिनल सारे इसमें आपको मिलेंगे तो अगर आपके में स्पेस अच्छी है तो आप इस कमांड को यूज करके काली लार्ज को इंस्टॉल कर सकते हो बस इस कमांड को पावर सेल में ओपन करना है और यहाँ टर्मिनल का शॉर्टकट भी दिया है, जिससे हम काली ओपन कर सकते हैं बस आपको विंडोज टर्मिनल ओपन करना है और यहाँ पे आपको इस सर्व पे क्लिक करना है और कालीस दिखेगी आपको बस इस पर क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस फोर दबाओपन हो जाएगी अब हमें चेक करना है कि हमारा साउंड सपोर्ट जो है वो इंटरनेट जो है वो अच्छे से वर्क करा है या नहीं तो यहाँ पे जो टैब्स हैं वो क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एफेड प्रेस करता हूँ और एफेड प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल और ऑल्ट इसको एंटेक कर देता हूं तो अब जो टैब्स है वो अच्छे से क्लोज हो रहे हैं अब हमें चेक करना है साउंड सपोर्ट हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं इंटरनेट तो हमारा चल रहा है कर सकते सकते हो। हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप के के या फिर अपने को, कैसे सकते बस एक या फिर फिर अपने डिवाइस को कैसे बस एक तो तो हमारा जो साउंड सपोर्ट है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है Do you ever feel like you're being... Because हमने यूज़ किया था जिससे be... तो साउंड बस इसे क्लोज करने के लिए आप डिस्कनेक्ट पर क्लिक कर सकते हो और ये क्लोज हो जाएगी यहाँ पे आप कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो एग्जिट टाइप कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो जिससे क्लोज हो जाएगी तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं आप सर नेक्स्ट वीडियो में